नमस्कार 21 सितंबर 2019 दिन शनिवार के दैनिक राशिफल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे लखनऊ से आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ दर्शकों क्या कुछ ग्रही गोचर इशारा करते हैं इस पर दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर शख्स सूर्योदय होगा प्रातः पांच बजकर अट्ठावन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर एक मिनट पर कृष्ण पक्ष की दर्शकों सप्तमी तिथि रहेगी रात्रि आठ बजकर इक्कीस मिनट तक की सप्तमी तिथि के बारे में हमने आपको पूर्व में बताया था कि सप्तमी तिथि जो होती है इसमें ताड़ का सेवन नहीं करना चाहिए यदि आप ताड़ का फल खाते हैं तो यकीन मानिए आप श्री विहीन हो जाएंगे अर्थात लक्ष्मी विहीन आप हो जाएंगे नक्षत्र रहेगा रोहड़ी ग्यारह बजकर तेईस मिनट तक की इसके उपरांत मृगशिला रहे नक्षत्र रहेगा करड़ रहेगा विष्टि इसके उपरांत भव इसके उपरांत बाल योग रहेगा सिद्धि योग इसके उपरांत व्यतिपात योग रहेगा शनिवार दिन रहेगा दिशा की बात करें शनिवार को तो पूर्व दिशा की ओर दिशाशूल होता है यदि अब आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि अदरक का सेवन कर लीजिएगा तब यात्रा करिएगा तिल का सेवन करके तब आप यात्रा करिएगा तो आपकी यात्राएं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगी अन्यथा दिशाशूल का मतलब भी होता है कि उस दिशा में शूल अर्थात काटे होना कोशिश कीजिएगा पूर्व की ओर पहले ना जाकर पश्चिम की ओर आप चार पक जाइएगा फिर पूरब दिशा की ओर जाइएगा दर्शकों राहु काल की बात कर लेते हैं क्योंकि अशुभ समय होता है तो राहु काल रहेगा शनिवार का सुबह आठ बजकर उनसठ मिनट से लेकर के 10 मिनट दस बजकर उनतीस मिनट तक की यह राहु काल का समय रहेगा शुभ कार्यों का इसमें करना वर्जित होता है शुभ कार्यों को करना हो तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन ग्यारह बजकर पैंतीस मिनट से बारह मिनट के बीच आप लोग शुभ कार्यों को करिएगा अभिजीत पूरक रहेगा इसमें आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं द्विपुष्कर योग रहेगा ग्यारह बजकर से और रात में आठ बजकर इक्कीस मिनट तक की लेकिन राहु काल को आपको एवॉइड करना रहेगा पूरी तरीके से दर्शकों राशिफल पर आगे बढ़ते हैं मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का क्या रहेगा हाल लेकिन दर्शकों प्लीज यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना बेल बेलाइकन जरूर दबाइए वार्षिक राशिफल दो हजार से लेकर के मीन राशि के जातकों का हमने अपने चैनल पर डाल दिया है आप लोग जा करके देख सकते हैं तो मेथ राशि के जातकों आज आपका दिन काफ़ी अच्छा रहेगा खुद को बहुत ज्यादा स्वस्थ महसूस करते हुए नजर आएंगे आज पड़े हुए पेंडिंग काम आप निपटाते हुए नजर आ रहे हैं किसी नए व्यक्ति से आज आपका जान पहचान होगा आज, आज आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे आज उच्च अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे मेष राशि के जातकों आज, आज आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त होती हुई नजर आएगी आज, आज आप पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाने में सफल होंगे आज बच्चों के साथ आपका टाइम अच्छा स्पेंड होगा कई दिनों से रुके हुए कार्यो में आज आपको सफलता प्राप्त होगी खास करके बैंकिंग की तैयारी यदि इस राशि के स्टूडेंट कर रहे हैं मेष राशि के जातक तो सफलता मिलेगी लबमेट के लिए आज रिश्तों में मिठास भरने का दिन रहेगा आज आप एकाग्रता से काम निपटाने की कोशिश करेंगे कोशिश कीजिएगा कि मंदिर में आज, आज आप शहत का दान करिए तरक्की के नए आयाम आपके प्रशस्त होंगे रहेगा नीला शुभ अंक रहेगा तीन और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा वही वृषभ राशि के जाप को आज आपका वैवाहिक जीवन उमदा रहेगा जीवन साथी के साथ कहीं वीकेंड पर आज, आज आप बाहर जा सकते हैं आज अगर आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा पूरा कर लीजिएगा आज, आज, आज आपको किस्मत का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा अधिकारियों से आज आपको मदद मिलेगी किसी पुराने विवाद में समझौता हो जाएगा आज आपका ध्यान संतान की ओर रहेगा परिवार में हंसी मजाक से माहौल आपका खुशनुमा रहेगा कारोबारियों को आज धन लाभ होगा पूर्व में किए गए निवेश से आज आपको लाभ होगा चूंकि आपकी शनि की ढैया चल रही शनि जो है और शनिवार दिन भी रहेगा तो कोशिश कीजिएगा सुंदर कांड का पाठ करिए और दशरथ के शनि स्रोत का पाठ करिए सफलता आपके कदम चूमेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा वहीं मिथुन राशि के जात को आज आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं ऑफिस का जरूरी कार्य आज आप पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं सेहत के मामले में आज आप खुद को बहुत ज्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे जीवन साथी के साथ जो है आज किसी जो है यात्राओं पर जाने का योग बन रहा है आज आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे फ्रेंडशिप सर्किल आज, आज आपका ब्रॉड होगा सामाजिक और मानसिक रूप से आज, आज आप बहुत ज्यादा जो है शक्तिशाली रहेंगे आज आस के लोगों से आपको मदद प्राप्त होगी व्यवसाय में भी लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है दैनिक कार्यो में आज आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी कोशिश कीजिएगा जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन कराइएगा विकलांगों को कुछ मीठा जरूर खिलाइए जिससे आपके सुख सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी आज शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर कर्क राशि के जात को लेकिन दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले प्लीज़ हमारे इस वीडियो को इतनी मेहनत से बना रहे लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना बेलाइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए वीडियो को जमकर शेयर कीजिए और अपनी कुंडली का यदि हमसे विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर विश्लेषण करवा सकते हैं वार्षिक राशिफल सभी राशियों का पढ़ गया आप लोग जाकर के देख सकते हैं कर्क राशि के जातकों आज दिन भर व्यस्तता आपकी बनी रहेगी आज आपके विचारों का कोई विरोध कर सकता है नए कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी जिससे आप कुछ नया सीखेंगे आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है आज किसी को उधार पैसा ना दे तो बेहतर रहेगा अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है पैसों के मामले में आज आपको सोच समझ फैसला लेना पड़ेगा काम का बोझ आज बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रहेगा वर्क प्रेशर रहेगा कार्य में आज आप बहुत ज़्यादा अपने आप जो है प्रेशराइज महसूस करेंगे कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन दशरथ प्रदेश स्रोत का पाठ कीजिए और भगवान शनिदेव के आज, आज आप दर्शन करिए तो सब कुछ ठीक रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा वहीं सिंह राशि के जातकों आज आप किसी पुरानी बात को लेकर के परेशान हो सकते हैं जो है शाम तक की जो है आपकी जो है सारी चीजें पटरी पर आएंगी ठीक होंगी आपके मन में किसी बात को लेकर कोई शक बना रह सकता है आज घर पर अचानक से कोई मेहमान आ सकता है और ऑफिस के किसी काम में यदि कोई बाधा आ रही है तो वो दूर होती हुई नजर आएगी सहकर्मियों की मदद से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहेगी कोशिश कीजिएगा कि जंक फूड से और यदि किसी रेस्टोरेंट में मसालेदार खाने के आप आदि हैं तो इनसे जो है परहेज करिएगा मंदिर में शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाइए और शनिदेव के वैदिक मंत्रों की एक माला का जाप करिएगा आपके सभी दुख दूर होंगे शुभ आपके लिए रहेगा ये रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर कन्या राशि के जातकों आज आपके सभी काम आपके मन मुताबिक पूरे होंगे आज आप बच्चों के साथ बहुत अच्छा लम्हा बिताएंगे खुशी के पल बिताएंगे आपके सकारात्मक विचारों से आज खुश होकर आपके कार्यक्षेत्र में आज बॉस आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं कोई आपका प्रमोशंस कर सकते हैं आपकी मुलाकात किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व से होगी जो आगे चलकर के आपको फायदा दे व्यापार में अचानक आज आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे मार्गी हो गए हैं तो आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आज का दिन काफ़ी कुछ आपको दे करके जाएगा आज आसपास की जगहों पर आप छोटी दूरी की यात्राएँ कर सकती हैं कोशिश कीजिए गा कि आज का दान जरूरतमंदों को करिए और सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए आपका व्यापार बढ़ेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छह शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा वहीं तुला राशि के जातकों आज कुछ काम आपके समय से पूरे हो सकते हैं खास करके स्टूडेंट्स का जो पढ़ाई लिखाई के प्रति झुकाव था यह बहुत ज्यादा रहेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आज, आज आपको सफलता प्राप्त होगी कारोबार में धन लाभ होने की संभावना रहेगी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके करियर को बदल सकती आज आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे किसी काम में जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा मनोरंजन के कुछ मौके अचानक से मिल सकते हैं मंदिर में में कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन के दिन सरसों तेल में अपनी छाया देखकर के आप स्थान करिए और धर्म स्थान पर सफाई जरूर करिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा वही वृश्चिक राशि के जातकों दर्शकों प्लीज फटाफट लाइक कीजिए इतनी मेहनत से राशिफल बताते हैं तो एक लाइक तो बनता है वृश्चिक राशि के जात को आज कुछ लोगों से आपको पूरा समर्थन मिलेगा ऑफिस के काम से संबंधित आज आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है और ये यात्राएं फायदेमंद रहेंगी पैसों के संबंध में आज कोई आपको गुड न्यूज मिल सकती किसी कंपनी से आज आपको जॉब का बड़ा ऑफर आ सकता है आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने के संकेत बन रहे आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है आज आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जा के कुछ खुशी के पल बिताएंगे कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन इसी लेबर क्लास को आपको पका हुआ भोजन जरूर खिलाना रहेगा मजदूरों को खिला सकते हैं जो काम करते हैं जो सफाई करते हैं उनको आप कुछ करिए तो इसका ये करते हैं तो आप सफल रहेंगे आपके लिए एक शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा धनुराशि लेकिन दिशाशुल का ध्यान रखिएगा वृश्चिक राशि जात को धनुराशि के जात आज आप जरूरी काम में माता पिता का पूरा पूरा सहयोग लेते हुए नजर आएंगे साथ ही अपने विचार जाहिर करने और दूसरों को सहमत कराने में आज बहुत कि आप सफल भी रहेंगे जीवन साथी आज आपकी भावनाओं की करेंगे खास करके जो भावनाटेंट मीटिंग करनी पड़ सकती है झुकाव बना रहेगा सेहत के मामले में आप दुरुस्त बने रहेंगे कोशिश कीजिएगा गायत्री मंत्र की एक माला का जाप कीजिएगा जिससे आपके जीवन में सुखता आएगी समृद्धता आएगी धन में वृद्धि भी होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज जो है ग्रे कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा मकर राशि के जातकों आज आपको किसी काम से भाग दौड़ करनी पड़ सकती है आज दोस्तों के साथ आज आप अपना समय बिताएंगे लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है पारिवारिक कामों में सभी सदस्यों से आज आपको मदद मिलेगी आर्थिक पक्ष में उतार चढ़ाव बना रहेगा आपको आज अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा आज कई लोग आपकी बात से सहमत होंगे सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन शनि स्रोत का आप पाठ आपके सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा यह रहेगा पीला रंग शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा छ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा वहीं कुंभ राशि के जात को आज आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊपर रहेगा आज आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से आज आपको बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलेगा आज गुरुजनों का आप आशीर्वाद ले सकते हैं और साथ ही यदि आपके साथ कोई काम करता है वो आपको बहुत हेल्प करता हुआ नजर आएगा आज अपनों से कोई खुशखबरी मिलेगी कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि उलझे हुए हैं तो आज निकलने का दिन है लेकिन आज अपनी वाड़ी पर आपको बहुत ज़्यादा लगाम लगाने की सितारे सलाह दे रहे धार्मिक नजरिया आपके पास कुछ नई जिम्मेदारी पूर्वक निभाएंगे कोशिश कि आज उठ करके दोनों हथेलियों के दर्शन करिएग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम और धरती माह के चरण स्पर्श करके आज आप लोग आशीर्वाद लीजिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साफ सुख दिशा आपके लिए रहेगी रहेगी पूर्व अंतिम राशि पर आगे बढ़े लेकिन दर्शकों आप लोगों से अपील है कि नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए अपनी कुंडली का यदि आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो मीन राशि के जात आज कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी आज आपका कोई जरूरी काम किसी दोस्त की मदद से पूरा होगा धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के रास्ते खुलेंगे आज जीवन साथी का सहयोग आपको फायदा दिलाएगा आज आप अपने भविष्य के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे जो कि आपको सफलता की तो ले जाएगा ऑफिस में प्रमोशन के नए अवसर प्राप्त होंगे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा परिवार के लोग आपसे जिससे हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर तो यह तो था हमारा मे से लेकर बीस सभी राशियों का पड़ गया है अक्टूबर माह का राशिफल सभी राशियों का पड़ गया है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं ज्योतिष से संबंधित यदि आपके मन में कोई उद्वेग हो या कोई प्रश्न हो ट्विटर पर जाकर के आप हमसे पूछ सकते हैं ट्विटर की आईडी फेसबुक की आईडी डी इंस्टा की आईडी डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी हमको फॉलो कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार